हमसे तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो ठाकुरपुर तुम्हारी कारण जन जय हुय तुम्हु इस फूलिया में सो गज़ों के लिए भाईल तू हो दिक्कत निम्मुड़ जिले भाई अब बोर होने तू हर हमन अपन होइगी नहीं गति अभी भाई हो रोये